दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया है ऋषभ पंत के लिए कमाल का सम्मान एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को लखनऊ पंत के सम्मान में उनकी जर्सी को डगआउट में लटका दिया ने तस्वीर शेयर करके लिखा आप हमेशा हमारे डगआउट और हमारी टीम में रहेंगे इस पर एक फैन ने भी कमाल का कमेंट किया है लिखा शानदार जज एक्चुअली कार एक्सीडेंट होने के कारण इस साल 2023 के आई में ऋषभ पंत आई से बाहर आए